हेलो दोस्तों वोटर कार्ड धारकों के लिए जारी हुआ नया एप्स मिलेंगे आकर्षक फीचर इस वीडियो में हम आप सभी वोटर कार्ड धारकों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी मतदाताओं को आपके वोटर कार्ड से संबंधित तमाम सेवाएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तौर पर सक्षम ई सी को लॉन्च किया है जिसकी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा देर न करके आपको बताते हैं कि सक्षम एप्स में आप किस प्रकार से अपना नया पहचान पत्र करेक्शन या अपने पहचान पत्र बनाया हो उसका स्टेटस भी आप बहुत ही आसानी से इसमें देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको हम इस वीडियो के बारे में बताते हैं इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको इस सर्च बार पर सर्च करना है सक्षम ऐप्स तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये ये इस प्रकार से आपके सामने ये नज़र आएगा इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप ये जो देख सकते हैं ओपन इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगा और इसके बाद आप ये देखिए इसका मीनू इस प्रकार से आपको दिखेगा और आप देख सकते हैं ये लोगो भी लगा हुआ है आइए मतदान सुगम बनाएँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और फैक्सीट एट पोलिंग बूथ सर्च इंफॉर्मेशन तो आप इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन डॉट इस तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप ये देखिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिक्स डिलेटेशन फॉर्म सात करेक्शन आठ यहाँ पर कई तरीके की सेवाएँ दी गई हैं के तो यहाँ पर आप अपने सुविधा अनुसार आप स्वयं यहाँ पर बना सकते हैं उसके बाद आप ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी डब्ल्यू मार्किंग और न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेशन रिक्वेस्ट फॉर डिलेशन रिक्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रन आधार अथेंटिकेट स्टेटस ट्रैकिंग यहाँ पे आप सभी प्रकार से जो भी वोटर करेंगे तो उसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं तो दोस्तों हमें मान लीजिए नया वोटर कार्ड बनाना है तो हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका सेम इंटरफेस वोटर हेल्प से मिलता है लेकिन इस पर और वोटर हेल्प पर बहुत ही डिफरेंस है पहचान पत्र करने का इसमें आसान तरीके से बताया गया है तो चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद ये देख सकते हैं सेंड इस सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी टी भेजेगा ओ -टी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ओ दर्ज कर दिया है ओ दर्ज करने के बाद लॉग इन ना हो यहाँ आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर आपसे देखिए पूछा जा रहा है ये आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ये जो यस लगा हुआ है इसको आप लगा रहने दें क्योंकि पहली बार कर रहे हैं अगर आपने पहले कर चुका है तो आप ये नो है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नया ही कर रहे हैं तो हमको यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं स्टेट अब आप जिस भी प्रांत का बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश का बनाना है तो हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया अब उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएंगी तो आप ये देख सकते हैं डिस्टिक इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जिस भी ज़िले के हो उत्तर प्रदेश के उस जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद असम्बली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट असेंबली यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप जहाँ के भी हो वहाँ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है तो आप देख सकते हैं सेंबली हमारी जो भी ज़िला होगा तो उस ज़िले पे आप ये ज़िला चूज़ कर लें उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ अब यहाँ पे जिसका भी आप बना रहे हैं तो उसका आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें तो ये आप डेट ऑफ बर्थ पे देख सकते हैं ये सब ऊपर आपको टच करना है टच करने के बाद दो तक के जितने भी लोग हैं जो अठारह साल के ऊपर हो चुके हैं तो यहाँ पर खुद आटोमेटिक ही डेट लग जाती है तो 2004 तक की लोग यहाँ पर बना सकते हैं तो उसके बाद चलिए हम अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमने ये सिलेक्ट कर दिया है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए बर्थ सर्टिफिकेट यी सूबाई कम कॉम्पिटेंट लोकल बॉडी म्यूनसिपल उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट क्लास टेंथ की या ट्वेल्थ की ईशू सी बी इंडियन पासपोर्ट अदर अगर कुछ हो तो हमारे पास ज़्यादातर अमूमन लोगों के पास आधार कार्ड होता है तो आप यहां पे आधार कार्ड पे क्लिक कर दें और आधार कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे अब आधार कार्ड की कापी मांगी जाएगी तो ये आप अपलोड इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये गैलरी खुल जाएगी इस गैलरी पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका आधार कार्ड कहाँ रखा हुआ है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपका आधार रखा हो उसको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद या आप चाहें तो अपने हिसाब से काट भी सकते हैं क्रॉप वगैरह कर सकते हैं चलिए दोस्तों हम इसको काट देते हैं क्रॉप करने के बाद आप ये यस का निशान देख रहे हैं इस पर यस कर दें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है उसके बाद प्रीव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं और देखने के बाद इसको आप काट दें काटने के बाद नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये आपकी पिक्चर मांगेगा फ़ोटो तो यहाँ पर अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा गैलरी पर आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखी उस फोटो को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और राइट पे लगा दें निशान उसके बाद आप देख सकते हैं ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है फ़ोटो अपलोड होने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें तो फीमेल है हमने फीमेल, फीमेल पर सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद अब उस फीमेल का नाम अब यहाँ पर उसका अपना नाम दर्ज कर देना है तो चलिए हम उसका नाम दर्ज कर देते हैं नाम दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है नेम ऑफ रीजनल इस पर हमको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं ये ऑटो कट ही हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद अगर उसका कुछ सरनेम हो तो यहाँ पर सरनेम नेम डाल दें अगर नहीं है तो न डालें अब उसका आधार नंबर अब यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर डालना है तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है अगर कोई रिलेटिव का मोबाइल नंबर हो तो आप यहाँ पर उसका भी दर्ज कर सकते हैं उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी दर्ज कर दें वरना अगर आपके पास नहीं है तो कोई मैंनेडेटरी नहीं है तो आप ना भी दर्ज करें तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिसबिलिटी अगर आप कोई विकलांग गए या किसी भी चीज़ से आप पीड़ित हैं तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं अदर अदर पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी या परसेंटेज कुछ हो तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो गैलरी पर जाएँ और गैलरी पर जाने के बाद आप अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दें जैसे ही आप अपलोड कर देंगे हमने तो यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ऐसे ही अपलोड कर दिया लेकिन अब आप अपना ओरिजिनल ही अपलोड करेंगे उसके बाद रिव्यू अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं वरना नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आप रिलेशन टाइप करेंगे तो फादर का नाम ही तो यहाँ पे आप फादर का नाम भी लगा लगा सकते हैं और मदर का भी हस्बैंड का भी तो आपको जो लगे अगर आप महिला हैं शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का लगाएँ तो अगर आपके पिता नहीं हैं मदर का लगाना चाहती है तो मदर का लगा दें लेकिन अमूमन फ़ादर का ही लगता है तो चलो हम फादर पे ही क्लिक रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर ई नंबर अगर आपने जिनका फादर का लगाया है तो अगर उनका ई नंबर ही तो ये ई नंबर यहाँ पर दर्ज कर दें दर्ज करने के बाद ये नेम ऑफ रिलेटिव अब आप अपना रिलेटिव का या फैमिली मेम्बर का किसी का भी ई नंबर चाहें तो लगा सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है और नेम ऑफ रिलेटिव अगर आप ये नेम ऑफ रिलेटिव में कोई किसी का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं तो चलिए हम नाम दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्ट होने के बाद लास्ट नेम रिलेटिव पर दर्ज कर दें अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप आप आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है हाउस बिल्डिंग अपॉइंटमेंट जो भी हो यहाँ पर आप दर्ज कर दें दर्ज करने के बाद ये हिंदी से हो जाएगा उसके बाद स्ट्रीट जहाँ भी आप रहते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट, एरिया लोकल्टी मोहल्ला रोड जहाँ जो भी हो वो आप यहाँ पर भर दें या जहां के रहने वाले हों सेम यहाँ पर भी जैसे ही वो करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप अगर गलत हो जाए तो आप अपने हाथ से इसको सुधार भी सकते हैं उसके बाद टाउन उसके बाद देख सकते हैं टाउन यहाँ पर भी आपको अपना ज़िला भर देना है फिर इसको टच करेंगे तो ये अपने आप ही हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता हो वो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जैसे ही पोस्ट ऑफिस रीजनल पर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी से कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद पिन कोड जो भी आपका ज़िले का पिन कोड हो जो भी आपका ज़िले का पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर देना है उसके बाद तहसील तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तहसील यहाँ पे आपको अपना जो भी आपकी तहसील लगती है वह तहसील यहाँ पर आपको भर देना है तहसील भरने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ भरना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड है तो आधार एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों पे काम करता है तो यहाँ पे आधार ही सबसे आसान है हम उसी को ले लेते हैं तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो इस पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गैलरी खुल कर आ जाएगी इस गैलरी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जहाँ भी गैलरी में रख रखा है आधार उस आधार को यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप करें और क्रॉप करने के बाद जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू, या आपका आधार कार्ड शो हो जाएगा उसके बाद चेक करने चेक करने के बाद नेक्स्ट जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं स्टेट में पहले से ही उत्तर प्रदेश भर करके आ जाएगा बस आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक चुनना है जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे अब यहाँ पर अब आप आपको अपना ज़िला ज़िला चुनना है ज़िला चुनने के बाद सेलेक्ट डेट अब आप जब से रह रहे हैं इस ज़िले में तो वो ज़िला आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है तो यहां पर आपको ज़्यादातर अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपको अपनी डेट ऑफ़ बर्थ उसको यहां पर क्लिक कर लेना है तो हम जन्म से मान लीजिए रह रहे हैं तो हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं प्लेस इस प्लेस पर आकर लास्ट में आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप ये देखें डन इस डन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही इस डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पाँच मिनट के लिए आपके पास जो आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म प्रीव्यू के लिए आ जाएगा तो ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर्म छह प्रीव्यू न्यू होटल रजिस्ट्रेशन अब इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें चेक करने के बाद यह कन्फर्म यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है और तो अगर आपका फॉर्म कहीं पे गलत समझ में आए तो आप ये ऊपर क्रॉस का निशान देख रहे हैं इसको क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन करने के बाद फिर आप आएंगे उस तो इसी तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा फॉर्म आने के बाद आप देख सकते हैं कंफर्म इस कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे कन्फर्म पर तो ये देख ये। सकते हैं यहाँ पर थैंक यू लिख कर के आ जाएगा और उसके बाद योर अप्लिकेशन हैज़बिन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट जिस तारीख को आप करेंगे वो डेट आ जाएगी और उसके बाद उसके बाद योर रेफरेंस आईडी तो आप देख सकते हैं ओ वी टी थ्री फाइव वन टू नाइन जीरो ज़ीरो इस तरीके का नंबर आ जाएगा उस नंबर को आप कहीं पर सेव करके लिख लें उसके बाद ओके करेंगे तो आप फिर से बाहर अपने वही मेनू पे आ जाएंगे उसके बाद अब आप उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं अब जा लास्ट में जाएं और उसमें देखें स्टेटस ट्रैकिंग यहाँ पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी वही जो कॉपी करी थी रिफरेंस आईडी वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद सेलेक्ट स्टेट जिस स्टेट का आपने बनाया है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट असम्बली अब आपको यहाँ पर अपनी असम्बली सेलेक्ट करना है इसम्बली सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं सर्च इस सर्च पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर वो फॉर्म की नेम आ जाएगा जिस नाम से था कौन सा आपने फॉर्म भरा है छः और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म स्टेटस तो स्टेटस में आपको बता रहा है सबमिटेड 7 दो दो हज़ार और यह किस स्टेट का है उत्तर प्रदेश का तो दोस्तों ये देख सकते हैं और ज़िला आपका भी बता देगा फतेहपुर ए